हाय फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं बना रही हूँ आज मटन ये मैंने तीन पाव मटन लिया है जैसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और ये है मसाले जो इसमें पड़ेंगे ये मैंने तीन चम्मच धनिया पाउडर लिया है दो चम्मच मिर्ची पाउडर थोड़ी सी हल्दी और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दें और ये आठ से दस काली मिर्ची ली हैं तीन से चार लौंग एक बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा तो आइए अब हम अपनी मटन की सब्जी बनाना शुरू करते हैं ये मैंने प्याज ली है छः से सात मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिन्हें मैंने कट कर लिया है आइए हम अपनी मटन की सब्जी बनाना शुरू करते हैं देखिए हम इसमें अब ऑयल डालेंगे मैं यहाँ से तीन चा तीन से चार चम्मच ऑयल डालूँगी फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपको कम या ज़्यादा करना हो तो ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है अब हम इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे हमारे मसाले होने के बाद फिर हम इसमें अपनी प्याज डालेंगे हम अपनी प्याज को सुनहरा होने तक भूलेंगे फिर इसके बाद हम अपने इसमें मटन ऐड करेंगे देखिए फ्रेंड हमारी प्याज जो है सुनहरी हो चुकी है अब हम इसमें अपनी मटन की सब्जी ऐड कर देंगे आप एक बार सब्जी को रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें नमक और हल्दी ऐड कर देंगे मसाले हम बाद में ऐड करेंगे देखिए अब इसको हम पानी निकल टाइम तक भूनेंगे और जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा फिर हम अपने मसाले इसमें ऐड करेंगे ये देखिए फ्रेंड हमारे मटन ने ऑयल छोड़ दिया है और हम इसमें अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे मैंने एक चम्मच अदरक का पेस्ट एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है अच्छी तरह से मिला देंगे इसे अदरक और लहसुन का पेस्ट भुनने के बाद फिर हम अपने सारे मसाले ऐड करेंगे ये देखिए फ्रेंड हमारे जो प्याज और गोश्त को हमने फ्राई किया था उसमें अच्छी तरह से और छोड़ दिया है अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे ये देखिए मैंने ये जो धनिया और मिर्ची पाउडर लिया था वो हम इसमें डाल देंगे अब इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले देखिए फ्रेंड हमारी जो मटन की सब्जी है वो बनकर तैयार है अब इसे हम गरम-गरम सर्व करेंगे और ले लेकर खाएंगे। अब इसमें हम मैंने इसमें दो से चार सीटी लगा दी है ताकि हमारा मटन अच्छी तरह से पक जाए और ये पक चुका है ये देखिए फ्रेंड हमारी मटन की सब्ज़ी तैयार है अब हम इसे हरे धनिए से गारिश करके और गरम गरम साफ़ करेंगे तो आप बताइए कमेंट में कि आपको इस सब्ज़ी कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें